सिंगरौली में शीतकालीन बालिका सशक्तिकरण अभियान 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है जिसमें क्षेत्रीय श्रम आयुक्त एवं सहायक श्रम आयुक्त बालिका सशक्तिकरण प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाने पहुँचे इस अभियान में विभिन्न गाँवों की लगभग 120 बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है सिंगरौली में गत वर्षो की तरह इस वर्ष शीतकालीन सत्र के तहत तीन जनवरी से दस जनवरी दो तक बालिका सशक्तिकरण अभियान कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है इस अभियान के तहत आस के गाँवों में छठी कक्षा में अध्ययनरत एक बालिकाओं को सर्वागिन विकास के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं इस दौरान क्षेत्रीय श्रम आयुक्त रामकिशन मीणा व सहायक श्रम आयुक्त दीपेंद्र मोहन वर्मा प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाने पहुंचे रामकिशन किशन मीना ने एनटीपीसी टी सिंगरौली द्वारा सीएसआर के चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना की और कहा कि एनटीपीसी टी सिंगरौली द्वारा बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए और उनके व्यक्तित्व विकास के लिए शिक्षा खेलकूद नृत्य योग आदि का प्रशिक्षण प्रदान करना एक बड़ा सार्थक कदम है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले।, मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज